माल में से चार टका चाहिए चार परसेंट लेके अपना नुकसान क्यों कर रहा है ज्यादा पैसे का लालच नहीं है बस अपना चार टका फिक्स कर दो अभी चार टका लिया ना तो अपन पार्टनर बन गया। अभी कंधे से कंधा मिलाने का झुकने का न